ौली में विधायक रामलल्लू लल्लू वैश्य ने आपकी सरकार आपके द्वार शिविर की शुरुआत की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है शिविर के आयोजन के दौरान प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन मोरवा में विधायक राम वैश्य ने किया इस मौके पर आयुक्त आर सिंह भाजपा मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र गर्ग के साथ नगर निगम के पार्षद मौजूद रहे आयोजन को लेकर विधायक रामलल्लू लल्लू वैश्य ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जिन हितग्राहियों को नहीं मिला है उनका सर्वे कराया जाएगा सर्वे के बाद उन्हें पात्रता अनुसार योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा उन्होंने कहा कि ऐसा हितग्राही जिनका आधार कार्ड नहीं बना है उन्हें भी केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा अच्छा था था था था। सरकार सबको समझ से बताया गया किए हैं और आप सब इसका लाभ उठाए जा रहा है तो तो है तो है वो रोजगार हो उसमें भी रोजगार योजना होगा मैं एक स्थान के भारों लाएं सरकार के इसी तरह से अच्छी है भारत के इस तरह अच्छी तरह से सफेद बनाएं लेकिन वो नाम में किसने हित राहीं है जैसे जैसे कम में एक सात सात बड़े सुधीर नाम सबने क्या और किसने ऐसे पिछड़ा संध्या लोगों का बहुत ही बेहतर होगा और उन सबको देखने